वो परी है मेरी जिंदगी की वो परी है मेरी जिंदगी की मैं उसकी दिल से परवाह करता हूँ एक तरफा ही सही पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ